पहले तो ये समझ लें कि मुसलमानों का नया साल मुहर्रम से शुरू होता है मुहर्रम शरीफ से इस्लामी साल का आगाज होता है लेकिन अगर कुछ लोग ये समझें भी कि हमने उनका ख्याल हो भी जो इस्लामी तालीमात के साथ उस तरह आगाही और वाकफियत नहीं रखते कि हमें शुरू करना है जनवरी से तो फिर भी जब कौमें नया साल शुरू करती हैं तो वह तो अपना मुआसबा करती हैं जशन तो वो लोग मनाते हैं जिन्होंने को बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे लिया और जिन कौमों का हाल ये हो कि वो दुनिया के हर खत्े में फिस रहे हो और जिस मुल्क का ये हाल हो कि वहाँ कुछ लोग सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हो तली मैार बड़ा परेशान कन हो लोग इंतहाई आजमाइश में वक्त गुजार रहे हों लोगों ने जश्न मनाने तो यह था कि हम हिसाब करते कि ये साल गुजरा है कितनी नमाजें मेरी रह गई कितने खैर के काम थे जो मैं ना कर सका हमें तो इस बात पर रोना था यह साल भी मेरी जिंदगी से माइनस हो गया और अभी तक मैं अपने आप को तब्दील ही नहीं कर सका एक साल और गुजर गया और मेरे अंदर कोई भी परेजगारी ने की खैर वाली तब्दीली ना आ सकी हमें तो अपना हिसाब करना था ये साल भी गुजर गया और मुसलमान खुल के इस साल ना बैतुल्ला की ज्यारत कर सके ना रोज़ रसूल की हाजिरी दे सके तो ये तो मकामी इस्तफ़ार है तो मकाम तोबा है और कौन को लगा दिया गया है बस वो एक चक्कर में पड़ गई है जो भी मौका आए बस वो किसी न किसी जगह पहुंच जाती है और हम हैं कि बस ये देखते हैं कि आजकल हवा किधर की है सोचते समझते भी नहीं और उसके पीछे चल निकलते हैं तो इसलिए एक तो पिछले साल की गलतियों से अल्लाह से माफ़ी मांगें कमज़ोरियों से और नए साल के लिए अपने इरादों को वजू कराएं अपनी नियतों को सफाई दें कोशिश करें कि ये साल जो आया है मैं अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारूंगा मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम की सुन्नत की तबाह में गुजारूंगा, मैं अपने दीन के लिए मिल्लत के लिए वतन के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, मैं अपनी तबीयत के अंदर वो चीज़ें पैदा करूंगा कि मेरा वजूद नफ़े वाला हो मेरी बात नफ़े वाली हो मेरा किरदार नफे वाला हो